अरे सर क्या बताऊँ मोबाइल में एक से एक खतरनाक खतरनाक गेम है या या या या या बहुत मजा आता है या या डा डा बेटा ये स्कूल है मजाक नहीं इतना मत मारो मेरे कान फूट गए हैं मेरे कान फूट गए हैं मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है अब क्या सचमुच बिट्टू के कान खराब हो गए हैं? बिट्टू को आप कुछ सुनाई नहीं देता बिट्टू चल सो जा, दिखता नहीं उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कुछ मत बोलो उसे जो करना होगा कर लेगा पहले इसके कान का इलाज कराओ कहाँ से करा के लाओ इसका इलाज सुबह कान का हॉस्पिटल खुलेगा उसके बाद इसके कान का इलाज करा के लाऊंगा चल बिट्टू सोजा जोर ऐसी बोलो सुनाई नहीं दे रहा है अरे सोजा सो सो सो सो क्या बोला रो, रो हाँ, हाँ रोता हूँ बंदर जैसी हरकत क्या कर रहा है बंदर है तू बंदर है क्या बंदर बन जा हाँ हाँ बन जाता हूँ बंदर अभी बनता हूँ अरे पागल बंदर नहीं बनना है या। आई, मेरी बेटी पागल हो गए हो क्या है? अगर मेरी बेटी को चोट लग जाती मैं तुम्हारा सर फोड़ देती इसने खटिया तोड़ दी पागल हो गया है क्या मुझे अपनी बेटी को सुलाना है खटिया ठीक करो मैं कैसे ठीक करूं घोड़ा बनकर खटिया को पीठ में रखो घोड़ा बन जा पागल समझा है क्या मुझे रखो रखो अरे ले यार आ, आ, बन गया चल बेटी सो जाते हैं सो सो। बेटी मेरा मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू मेरा मेरा है तू अच्छा मैं सो जाता हूँ सो जा जा। हट। क्या? पागल हट हट हट जोर से बोलो सुनाई नहीं दे रहा है अगर तूने अब कुछ बोला ऐसे लात मारूंगा ऐसी लात मारूंगा घर से बाहर गिरेगा क्या बोला लात मार लोग क्या कहेंगे कहेंगे अपने बाप को लात मारता है अबे चुप मैं तेरी लात मारूंगा क्या बोला लात मारना पड़ेगा ठीक है मार देता हूँ